देखो लड़कियों की मेमोरी को लोग मजाक उड़ाते हैं लड़कियों को आज भी वो बात याद है कि सुबनेखा जो प्रपोज की थी तो नाक काट लिया गया कोई लड़की नहीं करेगी प्रपोज उसी समय से डरी हुई है ये डर उनके डीएनए में घुस गया है। कौन जी करती है? नहीं सर कौन लड़की करती है प्रपोजो समझ में नहीं आता कहा बोलना चाहिए कहा नहीं बोलना चाहिए नहीं, नहीं सर हम लोग पीछे थोड़े हैं अब बोलते हैं कि दिमाग आई हो जाती सर करिए <laughs> नहीं सर कमें